आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधे सीधे आपको दो चार पंक्तियों से जोड़ता हूं और आप ऐसा आँखों के आगे विजुलाइज करिए ऐसा इमेजिन करिए आप वो व्यक्ति हैं जो गंगा किनारे से आए हैं आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गंगा को देखा है और फिर कैसी प्रक्रिया है तो मैं कहता हूं कभी नज़र मिलाती है वो पानी साफ है आप नज़र मिला सकते हैं देख सकते हैं कभी नज़र मिलाती है वो कभी नजर चुराती है वो कभी लहराती कभी बलखाती है वो जब पूछता हूँ उसका पता पता बनारस बताती है वो और अभी सफर कर रहा था काफी दिनों बाद मैं बनारस लौटा तो अपने घर लौट के अपने आंगन में आकर कैसी फीलिंग हुई वो कहता हूँ बरसों की तन्हाई तोड़ घर लौट मैं आया हूँ बरसों की तन्हाई तोड़ घर लौट में आया हूं छोड़े अधूरे शब्दों को वापस पूरा करने में आया हूं और अ मां जरा संभालना मुझे मैं तेरा बेटा हूं तेरी गोद में आया हूं मैं तेरा बेटा हूं तेरी गोद